दोस्तों वेलकम टू माय चैनल द एफ के ऑफिशियल टू आज हम देखेंगे हाइनास के बारे में जंगली कुत्ते के बारे में कुछ ख़तरनाक जानलेवा और दरिंदगी भर हम दे जा इस कुत्ते के तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहेंगे कि चैनल को लाइक और लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी बढ़िया वीडियो दिखा सकें तो शुरू करते हैं वीडियो को आप देख सकते हैं कि ये जंगली कुत्ते कि बेहरे और दरिंदों की तरह होते हैं दरिंदे ही होते हैं असल में तो ये देख सकते हैं अब जंगली भेस देख सकते हैं आपकी भैंस के बच्चे को बिल्कुल ज़िंदा ही खा रहे हैं ये लोग देखिए उसके पेट में से आते निकालने निकाल। गोश्त खींच खींच के खा रहे हैं ये नहीं कि पहले उसे मारते हैं फिर खाएँ उसको ज़िंदा ही खाने जो डेहूँ मिसे अब देख सकते हैं वो चीख रहा है वो अभी भी जिंदा है और उन लोगों ने पेट में उसके छेद बना दिया है एक उसमें से गोश्त निकाल निकाल के खा रहे हैं ये देख सकते हैं उसके बिछवाड़े की तरफ भैंस के बच्चे की तरफ और ये देखिए तीन दिन कुत्ते साले कहते हैं ये लोग दे, आप देख सकते हैं कितना बड़ा छेदे हो रहे एक और कुत्ता आ गया है यहाँ पर बीच में वो अभी भी मरा नहीं है बच्चा उसके बाद ये देखिए बिल्कुल लोग पेट में एक बना दिया है छेदे में से निकाल निकाल के गोश्त खा रहा इनके बारे में सच ही कहते ये लोग आदम हैं मर्दाखोर यह नहीं कि पहले उसके मार देते जिंदगी को चीर भाड़ ले जुटे होंगे कहते हैं ये सबसे दरिंदे होते हैं इससे इनसे ज़्यादा दरिंदा कोई और नहीं जानवर नहीं होता आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई और भी चलो अब आप चलते हैं अपन अगली वीडियो की तरह इस भैंस और यहां देख सकते हैं आप छोटा सा हिरन का बच्चा है यहाँ पर और दो हिरान और एक बेटा एक कुत्ता घात लगाए बैठे हैं ईरान के बच्चे की तरफ और ये हमला कर दिया उन लोगों ने देख सकते हैं आप किस कदर से हिरान के बच्चे को फाड़ फाड़ना है अब देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से देखा भी नहीं जा रहा इस वीडियो को ये कुत्ते सचमुची कुत्ते हैं देख सकते हैं आप उसको खींच खींच के फाड़ दिया उन लोगों ने देखिए ज़िंदगी खाने जुटे साले एक टांगेदार से खींची और दूसरा वहाँ से खींच लिया और ये बेचारा देख ही सकता है देख सकते हैं आप लूटा मारी मचा रखिए सालों ने साले कुत्ते देख सकते हैं आप किस तरीके से झपट रहे हैं सालों ने बेचारे हिरन के बच्चे को तो चीर फाड़ रख रख दिया है और ये सारे दांत भिखा रहे हैं यहाँ बैठ के और आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन कुत्ते ओ रहेंगे ये कुत्ता भूट रही है और ये एक और कुत्ता बढ़ा अपने शिकार की तरफ धीरे धीरे और ये हिरन के पीछे हमला किया और हिरण और ही देख सकते हैं आप इसमें भी ये साले जिंदगी खा रही है उसके पेट के अंदर से उसकी आते माते बाहर निकाल साले हैं अब देख सकते हैं ये साले कुत्ते गर्दन पर हमला नहीं करते तो ज़िंदगी खाना पसंद करते हैं लगता है देखिए उसको जिंदगी खा रही है पेट पर बस पेट में छेद किया और वहीं से घोश निकाल खा रही है कुत्ता और एक और आ गया कुत्ते का बच्चा ये देख सकते किस बेरहमी के साथ खा रही है ये।, ये आ गए दोनों मिल के पीछे से पूरे ही खा गए साले और ये देख सकते हैं साले के मुंह में अभी भी खून छपा हुआ है ये देखिए आप किस तरीके से तीन तीन कुत्ते चार चार कुत्ते जिंदगी नोच नोच के खा रहे हैं उसका पूरा पेट और पीछे का फिस्सा फाड़ दिया जाएगा हिरन का लगता भी इस वाले की बाहरी है की। अब देख सकते हैं वो अभी भी जिंदा है उठने की भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब क्या भागेगा उसका तो पीछे का स्थिति गायब कर दिया इन लोगों ने आते माते पेट में सब पचोनी बाहर निकाल दी साधु ने अब देख सकते हैं कि वो लोग कुत्ते पा के दूसरी टांग पे लड़ रहे हैं घेरा भेरा के नहीं अब देख सकते पे उसके पेट के अंदर एक और बच्चा था उसको भी निकाल के खा लिया साधु ने आराम को अब देख सकते वहिरन अभी भी जिंदा है और ये कुत्ता एक और पीछे से खाने की कोशिश कर रही है अभी ये लोग सच में बहुत बुरे दरिंदे हैं इनसे बड़ा दरिंदा आपने नहीं देखा होगा वो देखिए बेचारा हिरन देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत हो रही है। साले जंगली तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें